وعليكم السلام वैलिकम्सम बेटे मैं ज़रा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ओके okay. ये मेरे फ़ोन की मुझे समझ नहीं लगती मैं चाहता हूँ इसको लैंडस्केप में लेना वो उसकी मर्जी है मेरे फ़ोन की एनीवे anyway, आज मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था क्योंकि मुझे आ, थोड़ा सा ये इंप्रेशन मिला कि शायद बच्चों को कभी कभार इंटरनेट का इशू होता है या जो भी होता है टाइम का वो उसमें से ज़्यादा रिवाइज़ नहीं कर पाते या पढ़ नहीं पाते आ, कुछ बच्चे एटलीस्ट जो लेक्चर मैं आ, आपको भेजता हूँ वीडियो का वीडियो लेक्चर जो होता है तो एक्सपेरिमेंट ये है कि आज मैं थोड़ी देर के लिए कैमरे को फोकस करूँगा स्लाइड्स पे ठीक है स्लाइड को मैं बड़ा कर दूंगा आपने मुझे बताना है फीडबैक देना जहरा फिर मेरा जो आप मुझे नहीं फेस कर सकेंगे वारक वालेक बेटे उसका उसका तरीकाकार शायद ये होगा फिर कि मैं स्लाइड को स्लाइड पे फोकस करके पहले पढ़ा दूंगा और फिर मैं अपनी तरफ आ, आ, कैमरा कर लूंगा एंड देन वी कैन है क्वेश्चन एन आंसर एक आध स्ड करके देखते हैं और फिर लेट्स ठीक है समझ आइए हाँ अब आई डो नो कितना अच्छा है कितना नहीं लेकिन क्योंकि इसमें स्विचिंग होगी तो थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस ये होगी कि कैमरा मूव करेगा इधर उधर तो ये बस मुझे थोड़ा सा है मामला लेकिन मेरा ख्याल है बाकी लेट्स क्योंकि उसमें होगा कि इंगेज मेरे साथ भी आप होंगे और जो मामला हम पढ़ रहे होंगे ना ये मुझे एक थोड़ा सा मसला रहता है कि आ, मैं अस्यूम करता हूं कि आपको पता है कि मैं किस स्लाइड से बात कर रहा हूं, ठीक है अब मुझे पता है कि आपके पास मेरा ख्याल है इसी फोन में जिस फोन से आप इस वक्त कनेक्टेड हैं उसी में लेक्चर है वो जो वीडियो वाला लेक्चर है ना तो और ज़्यादा अपने स्लाइड्स वगैरह तो इवन अगर पावर पॉइंट भी मैंने आपको भेजी हुई है तो वो भी आप उसको खोल नहीं सकते मेरा ख्याल है मेरे पास तो मल्टीपल स्क्रीन है तो आई है ऑप्शन ऑफ लुकिंग एट माई स्ल एंड टिंग टू यू बट यू मे नॉट है तो वो मुझे ऐसा मुझे थोड़ा सा ना वो रहता है कि आप रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो मैं जो बात कर रहा हूं मैं जिस का कर रहा हूँ स्पेशली फनी होता है जब मैं किसी ग्राफ पे बात करना चाहता हूं तो वो बड़ा फनी हो जाता है क्योंकि ग्राफ तो फिर एक विजुअल चीज है ना तो वो अब मैं कैसे आपको दिखाऊं इस पर तो उसका तरीका फिर मैंने ये ढूंढा है कि इसको देख लिया जाए गुड ऑल कैप्स और लेट्स सी के हाउ इट वर्क्स ठीक है तो आई विल नाउ टर्न द कैमरा टू द स्लाइड्स ठीक है आर यू रेडी और फिर हम देखते हैं कि क्या मामला है अब मुझे आप पहले यह बताएंगे कि आपको ये Bring us a beer with me. बेटे ये नजर आ रहा है आप लोगों को सही नजर आ रहा है किसी को ब्लर है किसी को क्लियर है ब्लर ब्लर बेटे इसलिए होगा कि वो इंटरनेट कनेक्शन का मसला होगा स्टिल ब्लर ठीक है सर जी ब्लर है ब्लर अब ओके okay. अब हाँ काफी हद तक क्लियर है व्हाट अबाउट द रेस्ट क्लियर है हा अपने अपनी साइट से अपनी साइट से अच्छा। यस नहीं इट्स क्लियर सर सब सही है अब बेटे कितने सही हैं और कितने गलत हैं पहले जरा क्लियर वाले हजरात गिनवाएं किसको साफ नजर आ रहा है दैट्स सादिया मलिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन टवेल्व आई थिंक ये गड़बड़ है मैं क्लियर हूं या मैं भी क्लियर नहीं हूं मैं क्लियर हूं <laughs> जाल्मो इसका एक वजह है क्योंकि उधर आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स क्लियर होने चाहिए ठीक है ना तो अब किसी का फेस की डिटेल तो जरूरी जुरूर, नहीं है ना चलो वी आर स्टक विद दिस आई आई फिगर इट आउट आज ये आ, मैं भी ब्लर हूं दैट्स अ गुड थिंग डॉन टेल मी कितने लोगों का अभी भी ब्लरी है मैं भी ब्लर आ रहा हूं ना बेटा अगर मैं ब्लर आ रहा हूं मैं ब्लर आ रहा हूं तो आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है ना वो कम है ये आज ही ब्लर हो रहा है या हमेशा से ब्लर ब्लर मामला है वो थोड़ी सी आती है हाँ देर आती है कभी कभार वो आ, कर रहा होता है प्रोसेस कर रहा होता है वीडियो को अच्छा हमेशा से ब्लर आ, ओके वेलकम बैक तो एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब नहीं हुआ चलो इस तरह ही काम चलाते हैं तो आ, मैंने आपको एक तो ये कि कल का रीजन सर्कुलेशन कंप्लीट करना है हमने आज इंशाल्लाह दूसरा मैंने आपको एक वीडियो जो भेजी हुई थी पहले ही जो आज की थी वो उसका एक टाइम स्टैम भेजा था वहाँ तक देख लिए बच्चों ने ठीक है अब बेटा जी जो अब सर्कुलेशन शुरू हो रही है ना मैं पहले भी कहता रहा हूं सर्कुलेशन वो, वो जो है वो कह लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ़ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और अगेन जिस क्लास के सिर्फ एमसीक्यूज होने हैं उसके लिए तो खैर सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है हाउएवर जिसे कहते ना क्लासिकली एक चीज होती है मशहूर होती है किसी भी चैप्टर में टॉपिक्स मशहूर होते हैं तो हानि कॉम्प्लेक्स नहीं होगा वो इनशाला समझा, समझाएंगे आपको ठीक है तो अब यह मामला है कि आज हमने दो चीजें करनी है एक चीज हमने कल का बाइंड अप करना है रीजनल सर्कुलेशन का और दूसरा हमने वो जो टाइम स्टैम्प तक कोशिश पूरी करनी है कि वहां तक हम कर लें ठीक है ना वो एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा टाइम निकल के तो जो रह गए थे वो माइनर चीजें रह गई थी रिमेंबर जो रीजनल सर्कुलेशन की हमने कल डिस्कशन की है वो अजबर होनी चाहिए ठीक है कॉर्नरी सर्कुलेशन आनी चाहिए उसकी रेगुलेशन आनी चाहिए उसके सारे मामला आने चाहिए फिर जनाब अली आपको रीनल बताया था रीनल भी आना चाहिए ठीक है स्केलेटल मसल आपको बताया था वो भी आपको आना चाहिए ठीक है आज जरा वैसे मैंने माइनर इंक्लूड नहीं किए सारे इंपॉर्टेंट ही इंक्लूड किए हैं। तो स्केलेटल मसल से आज काम शुरू करते हैं ठीक है जैसा कि आपने अब देख लिया होगा। वेलकम बैक। स्केलेटल मसल में दोनों सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं लोकल मेटोपलाइट भी काम कर रहे होते हैं और सिंपथेटिक्स भी काम कर रहे होते हैं ये हमने बात कर ली टीपीआर uh, का यह मेजर डिटर्मिनेंट है यह भी हमने बात पहले बहुत, बहुत दफा कर ली है आ, लेकिन ये मजे की बात है कि एटरेस्ट वो कहता है कि इट्स मेनली रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक इनरवेशन और आ, आ, अगर अल्फा वन पे है तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगी और बीटा पे है तो वो वेजोडाशन होगी ठीक है तो वेरी सिंपल और जब एक्सरसाइज में जाएगा तो लोकल मेटाबोलॉइड्स रिलीज होंगे और लोकल मेटाबोलॉइड जब रिलीज़ होंगे तो वो वेजोडाइलेशन करा देंगे जो हमने ये कर लिया है वेजोडाट्री थ्योरी है और ऑक्सीजन डिमांड थी हो ठीक है तो स्केलेटल मसल इट्स इट्स वेरी स्ट्रेट फॉर्वर्ड और हमने को दस दफा पहले वो कर लिया ये बात भी होगी ऑटो रेगुलेशन एक्टिव और रिएक्टिव हाइबरी सब इसमें आ जाती हैं बातें अब बात कर लेते हैं स्किन की स्किन सर्कुलेशन की स्किन में जो मामला हैं वो ज्यादातर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है स्किन uh, की जो सर्कुलेशन है वो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए बड़ी जरूरी है गर्मियों में हमें पसीना आता है तो स्किन से ही आता है ठीक है आ, और पसीना नहीं आता आ, सर्दियों में ठीक है ना और क्योंकि वो सिंपथेटिक्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गए होते हैं वो कंजर्व कर रहे होते हैं ब्लड की सप्लाई को टू द स्किन ब्लड में टेंपरेचर होता है बेटे जितना आप ब्लड को स्किन के पास लाएंगे उतना ही ज़्यादा ब्लड में से वाटर कंटेंट इवेपरेट होगा और वो जगह भी ठंडी होगी और आपको ठंडा का एहसास होगा और जितना आप ब्लड को कम स्किन के पास लाएंगे उतना ही टेंपरेचर को आप कंजर्व करेंगे अंदर ही रखेंगे गर्म रहेंगे आप ठीक है तो स्किन की सर्कुलेशन बहुत जरूरी है टेंपरेचर रेगुलेशन से रिलेटेड है ठीक है ये आप टेम्परेचर रेगुलेशन का एक छोटा सा यूनिट है वो आपको अलग कराया जाएगा उसमें आप डिटेल में पढ़ लेंगे ठीक है आ, फिर इसनेटमिन की और ट्रिपल रिस्पॉन्स बात की है वो आप वो आप देख लेना चीज है वेलकम बैक Are you guys there? हेलो बच्चे हैं इधर अचानक अच्छा. अच्छा चुप कर गए सारे ओके ठीक है ठीक है right. uh, तो समरी वाला टेबल आपने देखना है ये रिविजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस topic के लिए ठीक है इसने uh, uh, circulation, uh, local metabolic control. मेटोबोलाइट सिंपथेटिक कंट्रोल और इफेक्ट्स वगैरह सारे एक ही टेबल में दिए गए इस तरह के टेबल फिजियोलॉजी में बहुत यूजफुल होते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को compress कर देते हैं एक जगह एंड में मैंने fetal circulation भी डाली थी मैं सोच रहा था कवर तो, कराया था मैंने वीडियो में भी रखा है आप वीडियो एक तरफ अच्छी तरह कर लेना ये आपने गालिबन एफ एस सी में बायोलॉजी में टेट्रॉलोजी ऑफ फैलेट पढ़ा होगा फ्यल सर्कुलेशन आपने थोड़ी पड़ी है एफ एस सी में इज दट करेक्ट बढ़िया ना तो उस बस उसी का, उसी का का ये extension है है है ठीक इसको आप देख लेना इसमें बहुत ज़्यादा में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस features पता होने चाहिए इसके सवाल मुश्किल ही वो मैंने इसकी जो सेकेंड स्लाइड है उस पर कोई बात नहीं बैठे मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ और यहाँ पे स्लाइड्स मैं आपको भेज दूंगा उसमें दिया हुआ सारा जो चार चीज़ें हैं ना जब बच्चा पैदा होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी सर्कुलेशन के कुछ पिक्युलरिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होता है एक एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की सर्कुलेशन से लेकिन जब वो पैदा हो जाता है तो कुछ चेंजेज आती हैं उसकी सर्कुलेशन में ताकि वो हमारी जैसी सर्कुलेशन उसमें आ जाए और वो जो वो जो फीटस वाले एलिमेंट्स हैं वो उसके ख़त्म हो जाए क्योंकि अब वो दुनिया में आ गया है और अब वेलकम बैक तो वो चार चीजें क्या हैं वो चार चीज़ें हैं डिक्रीज इंक्रीज सिस्टम वेस्कुलर रेजिस्टेंस ठीक है ये जब आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी फिर एक चीज़ होती है फॉरमन ओवेल इसका क्लोजर जरूरी है ठीक है ये पोर्टल सर्कुलेशन की तरफ होता है फिर डकटस आर्टीरियोसा के पास एक फीटल सर्कुलेशन में एक कनेक्शन होता है बिटवीन द ग्रेट वेसल्स उसको बंद करना होता है और फिर डक्टस वनोस को भी बंद करना होता है तो ये चार चीज़ें हैं जो इवेंट्स हैं आप जब इसको वीडियो को देख लोगे थोड़ा सा और थोड़ा सा इस, मेरी स्लाइड्स को पढ़ लोगे ये क्लियर हो जाएगा इस बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको जो मैंने बताया है बस उतना आपके लिए काफ़ी है कि वो फीचर्स क्या हैं डिफ्रेंसिस क्या हैं फीटर सर्कुलेशन में और और अडल्ट सर्कुलेशन में या जो बेबी बॉर्न हो जाता है उसकी सर्कुलेशन में और फीटर सर्कुलेशन में क्या फर्क है चार फर्क है चार फर्क दिए हुए हैं वो आप उनको देख ठीक है ओके लेके दिस कंक्लूड्स आर रीजनल सर्कुलेशन क्या कहते हैं लेक्चर और अब हम करेंगे जनाबे अली कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है जैसे हमने जब रेस्परेश जब सर्कुलेशन के हम पड़ रहे थे कुछ असूल पड़ रहे थे तो उसमें माला पॉइंट नंबर फोर है अवेलेबल वो डेडिकेट पॉइंट है और वो है ब्लड प्रेशर की रेगोलेशन कि बॉडी आप ये देखें कि कितना इन्वेस्ट करती है आ, दो दो चार तीन और दो पाँच और एक छः कुछ छः मैकेनिज़म्स हैं जो ब्लड प्रेशर को ओवरलोक कर रहे होते हैं देख रहे होते हैं उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं छह मेकेनिज्म चीज एक है छह मेकेजम्स को जुड़े ठीक है वो छह मेकेजम अब हम स्टार्ट करने लगे <coughs> लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वेलकम बैक ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इतना ज़रूरी क्यों है ब्लड प्रेशर इतना जरूरी क्यों रेगुलेशन इसलिए जरूरी है कि ब्लड प्रेशर जरूरी है ब्लड प्रेशर क्यों जरूरी है ये आर्टीरियल जो ट्री है आपका जो एटा से निकल से स्टार्ट होता है और कपिलरी जो आर्टीरियल साइड है वहाँ तक जाता है यहाँ तक ख़ास तौर पर आर्टीरियोल्स तक प्रेशर को बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है वजह इसलिए ज़रूरी है कि जो टिश्यूज़ हैं टिशूज़ टिशूज़ को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसका दारोमदार आर्टेरियल ट्री के ब्लड प्रेशर पे ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप एक पाइप ले लें पाइप में पानी छोड़ दें और फिर उसमें से आप कुछ ब्रांचेस निकालें छोटे छोटे ट्यूबे लगा दें उसमें ठीक है यस इट इज द मेन डिटरमिनेंट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन बिल्कुल इसको मैं आम अल्फाज में इस्तेमाल करके बता रहा हूं आपको कि अगर आपने ट्यूब ले ली बड़ी सी ट्यूब रबर की और फिर उसके साथ साथ आपने छोटी छोटी ट्यूबें और उसके अंदर कनेक्ट कर दें अब उन ट्यूबों में जो पानी आएगा उसका दारो मदर किस शेय पे होगा ऑब्वियस बात जो मेन ट्यूब में पानी जा रहा है उसके प्रेशर पे डिटरमिन करेगा अगर उसका प्रेशर आप ड्रॉप करेंगे ऑटोमेटिकली जो आ, जो ब्रांचेस हैं उनका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा यस बिल्कुल इसी तरह से आप समझे टिश्यूज कनेक्टेड हैं आर्टीरियल ट्री के साथ और उनमें जो प्रेशर है परफ्यूजन प्रेशर यानी वो प्रेशर जिससे वो परफ्यूज हो रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आपने मेन आर्टीरियल ट्री में कितना प्रेशर रखा हुआ अगर आप उसको यानी उसको कंट्रोल रेगुलेट करने से बुरा दिए उसको एक खास रेंज में रखना जरूरी है यानी कि वो बिल्कुल 100 एम मेन आर्टीरियल प्रेशर पर हर वक्त रहता है और वह नाइनटी पे आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी या वन ओ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसी बात नहीं है बैक उस रेंज से आगे पीछे होना जो है उस पे वो छे भाई बैठे हुए हैं रेगुलेटरी और वो उसको मैनेज कर रहे हैं यहां तक बात थी और बाकी ओके okay. ऑलराइट right. चल वैसे मुझे काफी अफसोस हो रहा है कि इस वक्त सिर्फ 41 बच्चे मेरे ये काउंटर पे हैं और ये ब्लड प्रेशर का लेक्चर है ठीक है आपको मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि ये कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि एमबीबीएस में जब ये लेक्चर होता है ना तो सोच है आपकी कितना कितनी टेंशन होती है मैं बच्चों की बात कर रहा हूं और वो आगे बैठना चाह रहे होते हैं वो सुनना चाह रहे होते हैं फिर वो कोई चीज़ आगे पीछे वो सवाल करते हैं क्यों क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मशहूर टॉपिक है तो मैं कासिर हूं ये समझने से कि आपकी एवरेज जो अटेंडेंस है वो 50 से नीचे रही है थ्रू आउट जब से हम ऑनलाइन आए ठीक है ये एक लम्हा फिक्री है ठीक है आज भी इतने क्रूशल चैप्टर में जो मैंने पहले से अनाउंस भी किया हुआ था उसमें भी 42 हैं है ऐसे ठीक है तो बहरहाल हमारा काम यह है बेटे कि हम बेहतरीन तरीके से जितना बेहतर हो सकता है उस को यूज करते हुए आप तक ये मैसेज पहुँचाएं अंडर दीज वेरी स्ट्रेंज सरकमस्टांसिस लेकिन वही बात है ना कि घोड़े को पानी के पास तो आई रियली होप कि जो बाकी बच्चे हैं वेलकम बैक आई रियली होप कि जो बाकी बच्चे हैं वो उनको आई यू नो आप क्या वो सोच रहे हैं आ, बगैर इंस्ट्रक्शन के भी पढ़ा जा सकता है मैं मैं बल्कि इसका बहुत हामी हूं कि बच्चों को खुद पढ़ना चाहिए खुद से पढ़ना चाहिए बहुत सी चीज़ें हैं यूट्यूब पे दुनिया बड़ी बड़ी पड़ी है लोगों ने किताबें लिख लिख मारी हैं तो बिल्कुल सही है आप खुद भी पढ़ सकते हैं लेकिन वही बात है कि मैं ये कल परसों से मैं जब से आपसे डिस्कशन हुई है कि जी ये फ़ेस टू फेस का क्या इतना है जब मैं इतने डिस्क्रिप्टिव आपको वीडियोज़ भेज देता हूँ तो उसमें फिर फ़ेस टू फेस का क्या फ़र्क पड़ता है लेकिन आपका फीडबैक के बाद मैंने कुछ और लोगों से ही बात की जो टीचिंग से इन्वॉल्व हैं जो बच्चों के साथ इंट्रैक्शन में इन्वाल्व हैं उन सब की तरफ से यही बात कंफर्म हुई जो आपने कही थी कि जी वो उससे फ़र्क पड़ता है एक फेस टू फेस डिस्कशन से फ़र्क पड़ता है वो नफसयाती है या उसमें वही बात है कि क्वेश्चन आंसर्स कभी कोई क्वेश्चन होता है जो बड़ा यूनिक होता है जो सच्ची बात है हमने भी नहीं सोचा होता उस लिहाज से या किसी पहले किसी बच्चे ने सवाल नहीं किया होता वो सवाल किसी बच्चे के दिमाग में आया तो वो कर देता उससे दो फायदे होते हैं एक तो उस बच्चे की क्लैरिफिकेशन हो जाती है दूसरी बात यह कि जो बाकी सुन रहे होते हैं उन वो भी उस लेवल पे सोचना शुरू हो जाता है यार इस, इसको देखने का यह भी जावी है मेरा ख्याल है सवाल करना जो है ना वो एक बड़ी जबरदस्त एक काम है जो कि मेरा ख्याल है इन डिस्कशन में हो सकता है जहर एक वीडियो के साथ तो नहीं हो सकता ठीक है तो मेरा ख्याल इसकी ये फादियत है और इसलिए शायद लोग इसको इतना ज्यादा इस पर डिपेंड करते हैं ठीक है With that uh, we start with blood pressure control. अच्छा अब मैंने आपसे जिक्र किया था कि uh, ये जो छः हैं ये uh, overlook कर रहे होते हैं इस मामले को अब उनमें छः के छः जो हैं वो same नहीं है मतलब डिफरेंट हैं लेकिन सेम नहीं है ऐसे मेरी मुराद ये है कि वो उन्होंने uh, uh, बेटा ये अभी ठहर जाओ या सर अभी ठहर पता है जूम के और मसाइल हैं जूम इज अवी सॉफ्टवेयर उसमें इंटरनेट के ना बड़े मामला हैं अच्छा क्या कह रहा था मैं टाइम इन्होंने आपस में टाइम बांटा हुआ ठीक है ये बड़ा जरूरी है ये आपको समझ में आ गया आपको सारी बात समझ में आ जाएगी वेलकम बैक जो भी है पांच छ सात जितने भी हैं मैं जो मशहूर है उनकी बात कर इन्होंने टाइम बांटा हुआ है और आपने इनको सीक्वेंस में ही पढ़ना है यह जरूरी बात है ये वो वाली लिस्ट नहीं है जिसको जिस तरह से भी आप याद कर लें या जिस तरह से भी पढ़ लें यह वो वाली लिस्ट नहीं है यह है टाइमलाइन। टाइमलाइन है ये। ठीक है तो इनमें कुछ बहुत क्विक है जिसे कहते हैं ना क्विक रिस्पॉन्डर डबल वो वाला काम जो दस्ती पहुंचता है फॉरन विद इन सेकेंड्स वह एक्टिवेट हो जाता है जैसे ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है या बढ़ता है यस उसके बाद आ, दूसरे हैं जो थोड़ी देर के बाद आते हैं घंटों में आ गए एक का दिन लगा दिया फिर एक ऐसा एक, एक है एक ऐसा भाई भी है इनमें कि जो आ, दिनों और वीक्स में यानी मामले को सेटल करता है तो यानी सेकेंड से लेकर सेकेंड्स से लेकर से से ले वीक्स तक ये पूरी एक टाइमलाइन बनती है इनमें ये छह स्लॉटिन होते हैं अब आपको बात समझ में आई तो ये कोई ऑर्डनरी लिस्ट नहीं है बिल्कुल बिल्कुल ये एक्यूट इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म ये तीन पॉइंट्स हैं इस इस टाइमलाइन पे ठीक है और यही सारी कहानी है अब हमने बात कर ली है अच्छा जी अब हम बात कर रहे थे वो सेवन है क्या सेवन है लेकिन बेसिकली मैं अभी बस समझाता हूं आपको क्या है एक अक्यूट है एक इंटरमीडिएट है और एक लॉन्ग टर्म है अब अक्यूट जो है वो सेकंड्स या मिनट्स में एक्टिवेट हो जाता है सेकंड्स टू मिनट्स में ठीक है वेलकम बैक। एक्यूट में जो मेन हीरो है, मेन हीरो, जो के रूटीन uh, में आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसपे आप हर वक्त डिपेंड कर सकते हैं आपने फोन उठाना है या टेक्स करना है भाई पड़ मुसीबत आ जाए, ठीक है वो बेचारा हर इतना सिंसियर है कि वो हर वक्त मौजूद है वो चाहे अपना नुकसान कर ले, लेकिन आपके पास वो फॉरन आ जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए वो वाला जो दोस्त है ना वो बैरो है, बिल्कुल बैरो रिसेप्टर बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो सबसे पहले काम आता है रोजाना हर वक्त हमेशा हमेशा सम्राट जब भी कोई एक्यूट चेंज लाते हैं आप ब्लड प्रेशर में हमेशा सबसे पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर अच्छा अब मैंने दोस्त की एग्जांपल जानबूझ के एक वजह से दी थी आप कि ये वाला जो दोस्त है ना आपका ये हर हर तरह के हर तरह की मदद आपके लिए पहुंच सकता है ठीक है अब आपका एक और दोस्त है जो आपसे उम्र में जरा बड़ा है मैं एक इमेज बना रहा हूं आपको आप ताकि आपको याद रहे चीजें वो जो है वो उसको आप हर वक्त नहीं तकलीफ देते उसको आप जब जरा थोड़ा सा फंस फुस जाते हैं आप उसको तब कहते हैं भाईजान आ जाए फंस गया हूं मसला हल नहीं हो रहा यस yes? वो जो है वो सी एन एसमिक रिस्पॉन्स रूटीन में खुदा ना खास ना करती उसकी जरूरत उस ठीक है कीमो रिसेप्टर मैकेजमें बहुत ज्यादा इस पर गौर नहीं करता और मैंने इंक्लूड सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको बस पता हो कि हाँ यार सेवन है कहने को एक्यूट के अंदर आपको जो मालूम होना चाहिए ना इस लेवल पे वो है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स पे माफी नहीं है सीएनएस मेरे स्टूडेंट्स को माफी नहीं है कीमो पे माफी है, कीमो जो है वो माइनर है उसका ज्यादा जो आ, काम आता है कि की, कीमो रिसप्टर मैकेजम ये रेस्पिरेशन में काम आता है और ब्लड प्रेशर ऑल्दो तो ये ज़रूर कंट्रीब्यूट करता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए काम आता है क्या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इ, इ, इनके लिए मेनली कीमोरोप्टर रिफ्लैक्स का आमद है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बस मसा मसाही अब आ, आ रही है क्यों नहीं सेवन कह रहा ठीक है वो दोस्तों वाली बात समझ में आ गई आपको कि बैरोप्टर जो है और CNS response में क्या फर्क है CNS response आप समझें एक बहुत बड़ी emergency है, जिसमें फिर सीनस स्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है एक बहुत बड़ा मसला होता है तब जाके ये एक्टिवेट होता है नॉर्मली खुदाना हादसा बैरोप्टर रिफ्लेक्स आपका साथ है वो आपके साथ लगा रहता है ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरमीजिएट मैं पहले पढ़ूंगा स्ट्रेस रिलैक्सेशन है फ्लूएड शिफ्ट है और मैं तीसरे नंबर मैंने लिखा वैसे उसको ऊपर है लेकिन उसको मैं एंड में करूँगा क्योंकि पढ़ाने में ये मैं ये सीक्वेंस पस, मुझे पसंद है स्ट्रेस रिलैक्सेशन फ्लूड शिफ्ट और फिर मैकेनिज्म अब यहां पे मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए ये जो इंटरमीडिएट होते हैं ये सारे के सारे लगभग मैंने सामने वैसे ग्राफ दिया वै, अगर कभी दिल उस तो उसको बड़ा मजे ग्राफ है उसमें टाइम सारी दी हुई है सब कुछ सामने लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है ग्राफ्स के ऊपर लेबलिंग हुई भी है कि इस टाइम में कौन सा किस वक्त काश मैं आपको दिखा सकता है वो ब्लरिंग का मसला ना होता तो सामने है मेरे ग्राफ आप यहाँ ग्राफ सामने तो बड़ा मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता बहरल करेंगे इसका कोई ना कोई तरीका करेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि अच्छा यार या, यहाँ पे आ, आ, ये फ्लूड शिफ्ट है यहां पर स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो रही है और इसमें मिनट्स का फर्क है ठीक है लेकिन बहरल मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इंटरमीडिएट मैकेजमे जो तीन है ना ये मिनट के विदिन एक्टिवेट होते हैं ठीक है ये एक बात हो गई दूसरी बात ये अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ये इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे आ, इसमें दूसरी बात ये है कि रेनेशन जो जो मैकेनिज्म है ना दरअसल ये दो है। ये दो सगे भाई हैं एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है मैकेनिज्म छोटा भाई भाई है और बड़ा भाई है है है और बड़ा वो वो लॉन्ग टर्म मामलात करता है। वो करता लंबी गेम जो कंस्ट्रिक्टर है है वो छोटा भाई है वो इंटरमीडिएट उसमें रहता है जोन में रहता है एल्डोस्टर वाला लॉन्ग जोन में रहता य ईशा yes. okay. okay. ने पढ़ा था आज? हैं बच्चे, ईशा आई है ये आज वीडियो कवर की थी मखल की होगी ओके सो रेन एंजियोटेंशन जो, जो मैकेनिज्म है उस पर आखिरी कमेंट ये है इससे इसके बाद हम बैलो सेप्टर जरा थोड़ा सा कवर करेंगे अभी टाइम है हमारे पास कि रेन और एनजियोटेंसन ये दो चीजें हैं जो कनेक्टेड हैं आप समझें केमिकल रिएक्शन है जो रनन से शुरू होता है रेन एक्चुअली एक एंजाइम है एंजाइम है जो एक केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है सारे एंजाइम का काम ही कैटेलाइज करना होता है राइट right? और उसमें से उसका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसमें स्टेप्स है तीन स्टेप है तीसरा स्टेप फिनिश्ड प्रोडक्ट है जिसके लिए हमने रेनन को एक्चुअली तकलीफ दी है वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो एनजियोटेंसन 2 है इसमें नहीं लिखा हुआ एनजियोटेंसन 2। एक एनजियोन 1 भी होता है। so, सो रेन एक ऐसे केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है जिसके तीन स्टेप्स हैं और तीसरे स्टेप पे वो चीज बन जाती है जो हम चाहते थे और उसका नाम है एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 खुद से एक पावरफुल दोस्ट पावरफुल वेज कंस्ट्रक्टर है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है इसका नाम भी आपको रटने की जरूरत नहीं एंजियो मीन वेसल, टेंसन मीन टेंस करना दबाना कंस्ट्रक्ट करना बात हो गई। तो एंजियोटेंसिन 2 इज ए वेरी पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर इन इट और इस ये जब बनना शुरू हो जाता है ब्लड में जब जहर केमिकल रिएक्शन आया अब वो बनना शुरू हो गया ठीक है तो बनता है ये थोड़ा जल्दी है लॉन्ग टर्म से ज़्यादा जल्दी बनता है तो ये वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर देता है हर जगह ब्लड प्रेशर को ये अप करना शुरू कर दिया यह रिलीज होता है जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है यह सारी बातें हम करेंगे अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ठीक है तो वेज ऑफ जो है वेलकम बैक हाउ उसका जो एक दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो है कि वो एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टर भी रिलीज करवाता है, है, है? लेकिन ये फौरन नहीं होता, इसमें वक्त लगता है। ठीक है? याद रखिए कि स्टेरॉयड हॉर्मोन्स को रिलीज कराने में थोड़ा सा वक्त लगता है इनको फ्रेश बनाना पड़ता है ये बात आपको याद आएगी जब आप एंडोक्रॉजी पढ़ेंगे ठीक है सो so, एंजोटेंसन टू का जो एल्डोस्टरॉन कॉम्पोनेंट है वो लॉन्ग टर्म यहां तक कुछ अफाका हुआ है कुछ मोटी मोटी बातें समझ आई कोई ह्यूज कंफ्यूजन तो नहीं हैलो आई एम वेटिंग So, मुझे लगता है कि मेरा जो ये है कमेंट्स वाला मामला वो गड़बड़ हो गया तो वो इसलिए नहीं आ रहा anyway, I'll, I'll nice could और मुझे नजर आ जाए sure आप कर रहे हैं शायद लेकिन वो आ नहीं रहे इधर डिस्प्ले नहीं हो रहा सो आई विल जस्ट स्टार्ट विदोर सेक्टर ठीक है तो बैरोर सेक्टर जो रिफ्लेक्स है जैसे मैंने कहा सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है सबसे कलीदी है और वो रोजमर्रा के मामला में अब वो रोजमर्रा के मामला क्या है आप तशीफ फरमा है बैठे में होंगे आप जब खड़े होंगे ना बेटे लिटरलीके okay, अब मुझे मैसेज आ रहे हैं वेरी गुड हाँ नहीं नहीं वो कभी कुछ वेलकम बैक रोजमर्रा के कामों में आपको बैरल सेप्टर कहाँ कहां, कहां किरदार अदा करता है मैं ये बात कर रहा था यस yes? आप बैठे हैं बैठे हुए से आप जब खड़े होंगे ना खड़े होने के अमल में आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे यस यस या नो यस yes. ठीक है जैसे आप ग्रेविटी के बेटे अगेंस्ट जाएंगे ग्रेविटी वो जो ब्लड में ब्लड है आपके वेसल्स में एक कॉलम की शेप में है ना तो ग्रेविटी उसको पुल करेगी जो, और जो काम है ग्रेविटी कही है डाउनवर्ड्स आपको तो लोअर लिम से और सारे नीचे वाले यानी हार्ट के लेवल से नीचे नीचे आपने ब्लड को ऊपर लेके आना था ना तो जैसे आप बैठे हुए हैं और अब आप खड़े होंगे आप ग्रेविटी के अगेंस्ट गए उस असना में जिस असना में आप खड़े हो रहे हैं उस असना में बीपी ड्रॉप करता है थोड़ा सा बीपी का ड्रॉप करना समझ में आया yes. सारों को समझ में आया अच्छा मजे की बात ही आप अब 55 फाइव हो गए बच्चे तो बच्चे कुछ जो है उनका इंटरनेट ठीक हो जाता है जब आधी क्लास हो जाती है <laughs> ये दो नंबरियां ना किया करो हम भी हमारा भी जंपल इधर का ही है ठीक है ना और आप पहली क्लास तो हो नहीं है तो समझ जाओ बेटे सम, समझ भी जाओ और संभल भी जाओ तो जब आप खड़े होंगे तो ये बीपी -बी करेगा ड्रॉप अब वो उस सेकेंड जिस अब आप ये चेक करें आप बैरोरिसेप्टर की पावर चेक करें जिस सेकेंड पे आपका बीपी ड्रॉप करेगा ना बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स वेलकम बैक जिस इंस्टेंस में ये बीपी ड्रॉप करता है बैरोरिसेप्टर आके चेपी लगा देता कैसे चेपी लगाना चेपी लगाना तो समझ आ गई होगी यानी बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स उस सेकेंड में एक्टिवेट होकर हल्की सी वेजो कंस्ट्रक्शन करता है और वो बीपीएफ हो जाता है। कैसा है ना एक्यूट मतलब एक्यूट कभी अक्यूट है इतना तेज है आई अच्छा फिर से अभी होती ना क्लास तो मैं ये किसी से रिपीट करवाता लेकिन क्योंकि ये है तुम तो फिर मुझे ही रिपीट करना पड़ेगा बेटे जब बैठने से स्टैंड या लेटे हुए हैं तो बैठने पे बैठे हुए हैं तो खड़े होने पे जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओगे तो क्या होगा बीपी ड्रॉप करेगा क्योंकि बीपी ब्लड ब्लड जो है वो बहरहाल ग्रेविटी के ताबे है और वो फ्लूड है ठीक है टिश्यूज तो फिक्सड होते हैं ना ब्लड तो लिक्विड होता है वह तो मूव कर रहा होता है तो वो ग्रेविटी उस पर ज्यादा असर करती है और वो बाय द वे लिक्विड भी है तो जब आप बैठ जब पोस्चर चेंज करेंगे बीपी ड्रॉप करता, बी करता है तो सबसे मशहूर रुटीनलीकेनिजम बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है उस असना में उस सेकेंड में जब बीपी ड्रॉप कर रहा है अब आप बताओ ना आप बैठे हुए और आप खड़े होने लगे हो कितनी देर लगती है आपको खड़े होने में चंद सेकंड लगते हैं आपको खड़े होने में ठीक है स्पेशली जब अम्मी अच्छा से खाना बना रही हो और वो खाना टेबल पे आ जाए और आप बैठ के एक बोर बोरिंग लेक्चर ले रहे हैं जैसे इस वक्त ये लेक्चर चल रहा है कितनी तेजी से आप उठ के जाएंगे और सारा हाउेवर इस तेजियों में आपका बीपी ड्रॉप करेगा लेकिन आपको वो महसूस नहीं होगा ठीक है बेटे वाले को ये नहीं चुप करके नीमे नीमे होके आ जाओ बकायदा सलाम कर रही हैं क्लास को अनाउंस कर रही हैं मुझे भी कि आप अब तशरीफ तो लाइए हैं हैं। सारा लेक्चर गुजर गया एनी वे anyway, तो वो जो बीपी ड्रॉप करता है बैरोसेप्टीफ्लेक्स थोड़ी सी बेजो कंस्ट्रक्शन करवा के उस ड्रॉपिंग ब्लड प्रेशर को सहारा दे देता ये है बैरोप्टिफ्लेक्स इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। आप जब इन शाह रमजान आ रहा है हमने रोजे रखना है इनशा अल्लाह में नसीब करे। रमजान में जब हालत नजा होती है <laughs> यानी जब अभी अफ्तारी के आस पास का मैं वक्त बता रहा हूं, बच्चियां माशाल्लाह बहुत काम करती हैं अल्लाह इनको जजा दे ये सारा सवाब इनके लिए है वाकई इतना जो बच्चिया अपनी अमांओं के साथ लगती हैं लड़के लड़कों को भी लगना चाहिए बस जो मदद करते हैं और वो लगे रहते हैं माशाल्लाह अफतारियाँ बनाते हैं उसके बाद नमा माशा नमाजें भी साथ साथ पढ़ती हैं बच्चियों पर ज़्यादा प्रेशर होता है माओ पे ज़्यादा प्रेशर होता है ठीक है ना आई सल्यूट दैम आई सल्यूट ऑल द मदर्स ऑल दिस्टर्स ऑल द बच्चियां मेरी जो माशाल्लाह अपनी फैमिलीज़ को वो करती हैं मदद करती हैं हेल्प आउट करती हैं माशा वेरी वेल डन बेटर एनी वे बैर बात हो रही थी तो जब आप इस वाले इस हालत में जब भूख प्यास बहुत ज्यादा लग रही है जब आप खड़े होते हैं हाँ ये अरीज जो तुमने ये बनाया है ना ये इमोटी जो बनाया है, बिल्कुल ये होते हैं तो आपको चक्कर आता है जब होती है तो आपको चक्कर आता है वो जो चक्कर आता है ना इसका मतलब ये है कि वो जो मेके मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा या आपका बीपी ज्यादा ड्रॉप हो रहा है वो बैर के काबू से ज्यादा इसलिए आपका बीपी ज्यादा ड्रॉप हो रहा होता है बिकॉज यू आर हंगरी एंड यूर थर्स ब्लड वॉल्यूम कम हुआ हुआ होता है आप डिहाइड्रेटेड होते हो इस तरह आपको मैंने कहा यह भी आपको समझ आ जाए एक बार तीसरी एग्जाम्पल जब खुदा ना खासा रोड ट्रैफिक एक्ट नेक्स्ट टाइम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह हम सब रोजे से होंगे इंशाल्लाह इन तो मेरा मेरी कोशिश थी कि आज हम इसको काफ़ी कर लें लेकिन वही बात है समझाने में तो फिर ज़रा देर लग जाती है आखिरी बात मैं करूँगा ब्लड लॉस की जब अब ब्लड लॉस हो जाता है तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा निकल जाता है बाहर यानी वॉलीम लॉस ऑफ फास्टिंग वो बहुत कम होता है जब होल ब्लड निकल रहा है एक्सीडेंट खुदा नाखास्ता हो गया है कोई वजह से ब्लड लॉस होना शुरू हो गया तो क्या होता है ब्लड प्रेशर धड़ाम से नीचे आता है ठीक है वहां पे आपको पता लगता है कि रिफ्लेक्स एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है लाइफ सेविंग मैकेनिज्म मैके अगर वो धड़ाम से गिरते हुए ब्लड प्रेशर को ये जाके अप ना करें बंदा मर सकता है लो ब्लड प्रेशर की वजह से मौत वाकई हो सकती है क्यों ब्रेन को हार्ट को किडनी को वाइटल ऑर्गन अगर इनको ब्लड की तरसील में कमी रहे और कई मिनट्स तक रहे ब्रेन को तो कई सेकंड्स तक रहे वो डैमेज होना शुरू हो जाता इतना खतरनाक है काम बेटे ब्लड प्रेशर का लो या बढ़ना लो तो ज्यादा हाई को तो चलो फिर मैनेज हो जाता है ना हाई में भी हाई में ये है कि क्रॉनिकली हाई रहे तो ज्यादा नुकसान होता है लो का मसला यह है कि फॉरन मसाइल शुरू हो जाते हैं ये बात याद रखने वाली है तो ब्लड लॉस में अगर बैरोप्टर काम ना कर रहा हो यह जानलेवा हो सकता है ब्लड लॉस आपका। इसीलिए का शुक्र है कि बैरोप रिफ्लेक्स हर वक्त एक्टिव होता है आप अप करता है चाहे वॉल्यूम ही निकल गया हो बेशक और यहां पर आपको बात समझने की जरूरत है कि वॉल्यूम प्रेशर बनाता है लेकिन वॉल्यूम अगर कभी निकल जाए तो बॉडी के पास एक ट्रिक होती है उसी कम वॉल्यूम पे बीपी अप करने की ये ये करते आ रहे हैं तो वेलकम बैक मैकेनिज्म है इसकी सारी जो खसूसियात और बरकत हैं वो मैंने आपको डिस्क्राइब आज कर दी हैं ठीक है इसका जो रिफ्लेक्स वाला कंपोनेंट है ये, कर, ये होता कैसे है, ये, ये है क्या ये हम, हम नेक्स्ट में करेंगे ठीक है और फिर हम यानी जब ये कर लेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स के स्टिमुलस होता है फिर उसकी एक्सप्लेन करेंगे वो जब सारा मामला कर लेंगे और एंड में हम फिर थोड़ी सी बुराइयां भी करेंगे ये तो नहीं ना हो सकता कि हर एक चीज हो बड़े मजे की चीज हो जबरदस्त चीज हो और उसकी कोई डाउन ना हो डाउन है इसकी अरेज सॉरी अरीज यस यूर राइट इन इन एमरजेंसी यह बड़ा अच्छा सवाल किया है मैं इस सवाल पे एक कॉमेंट और करूं आपकी इजाजत हो तो भाई कौन सा कॉलेज कॉलेज तो बंद है आपका वो आठवीं नौवीं नौवीं नौवी, दसवीं ग्यारहवीं को उन्होंने खोला है आप लोगों को नहीं खोला आप लोग तो जहां तक मुझे पता है आप लोगों को तो बैठना है घर पर ही बैठना अच्छा सवाल वो क्या सवाल था याद रखें ब्लड प्रेशर बनाता है यह बात क्लियर में करना चाह रहा हूं ब्लड वॉल्यूम ही ब्लड प्रेशर बनाता है Actually, किसी भी fluid में जो उसका volume होता है, वो ही प्रेशर बनाता है ये concept तो क्लियर होगा अब होता क्या है आप जब वॉल्यूम को करते हैं कम बाय से ब्लड लॉस वॉल्यूम नीचे आ गया वॉल्यूम के नीचे आने से प्रफ्यूजन प्रेशर ड्रॉप हो जाते हैं वाइटल ऑर्गन को ये कैसी चीज है जो बॉडी नहीं बर्दाश्त कर सकती मुतम्मल नहीं हो सकती इसकी भाई अगर आप मर ही गए तो फिर फायदा <laughs> फिर मतलब मतलब व पॉइंट एक रेगुलेटरी इम्तिहान है उसमें मैं इनविजिलेटर हूं और मेरे सामने आप चीटिंग कर रहे हैं और मैं आपको नहीं रोक रहा मेरा फायदा क्या है फिर बेटर ठहर जाओ मिनट एक मिनट सिंपथेटिक अवैस सिंपथेटिक अरीज के सवाल में कॉमेंट कर रहा हूं तो वॉक Welcome back. However, इस में जब बीपी नीचे आता जा रहा है और के पूरे तरह मुकम्मल हो रहे हैं, बंदा मर जाएगा अगर उसका बीपी अपना किया गया अब वॉल्यूम कहां से लाएं भाई अभी आप आप जीनियस देखें बॉडी की जो जीनियस है वो ये है कि अब ब्लड लॉस हो रहा है उसको अब वॉल्यूम रिप्लेस कैसे करेंगे इतनी जल्दी नहीं कर सकते आप क्या करेंगे आप ये कर सकते हैं कि आप जो जितने भी वैसे वेजो तो सकते हैं, क्योंकि आपका आपको समझ आ रही है ना कि वेजो कंस्ट्रक्शन से बीपी कैसे जरा थम जाएगा ठहर जाएगा तो बिल्कुल यही बात है कि इस वॉल्यूम लॉस हो गया है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल सिंपेटिक नर्वस सिस्टम जी सुपर हीरोपर हीरो जान भी, भी हैं इसकी इसकी भी हैं चलो मैं एक जुमला कहता हूं वो को याद रहेगा ये बेदफा है ये क्या डिस्कशन है अवैस अवैस, अवैस एक्स्ट्रा कमेंट नहीं बेटे एक्स्ट्रा कॉमेंड नहीं मुतवजे लेक्चर पे और मेरे से आपस में बात नहीं जी बेवफा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आंदा जो नेक्स्ट एपिसोड है उस तक आप क्यूरियस रहें कि यार ये बेफा क्या मतलब है इतना जबरदस्त है लाइफ एक तरफ सुपर हीरो कहा है, कहा जा रहा है एक तरफ ये वो अब आलिशान यार दिस इज नॉट राइट मैंने आपको एक मेमोरी टैग लगाया है आप तो शेर वाई करना शुरू हो गए नहीं शेर वायरी नहीं रहे ठीक है शेर वाई यहां से शुरू हो गई तो फिर रुकना मुश्किल है इसलिए शेर वे हाथ हो रखें इस पॉइंट पे हम अब खत्म करते हैं इस मामले को जो 10 बच्चे एक्स्ट्रा आए हुए हैं अटेंडेंस के लिए उनका मोमेंट आ गया है लगाए जी अटेंडेंस लगाए ट्रेलर ही है यह, ट्रेलर और बड़ा मज़े इसकी बड़ी मज़े की एक्सप्लेशन है हो गया डिस्नेक्ट करें अल्लाह बेटे चल चलो बेटे ओके अच्छा बात ये रमजान में दुआ करना बेटे मेरे लिए सबके लिए दुआ करना वही बात है कि अनरिलेटेड आदमी दुआ करे ना जिसका खून रिश्ता ना उसकी दुआ बहुत कबूल होती है मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा आप मेरे लिए दुआ करना ठीक है चलो इनशाला फिर बात होती है नेक्स्ट असल